दोस्तों आप लोग का वेलकम है हमारे इस चैनल में तो आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तो आज हम लोग ये वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा ही होगा जो कि बर्ड पीएनजी वाला वीडियो है तो आज और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो और ये मेरा इंस्टाग्राम आई है उनकी एडिट करके तो आप लोग जाके मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो ताकि मैं आप लोगों को सपोर्ट कर सकूं और ज्यादा और आप लोग मुझे सपोर्ट कर सको क्या बोला तूने आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही करना है तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं और जो भी इसमें जो भी पी यूज होगा सारा आप तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दी ठीक है तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तो सबसे पहले हम लोग को दो ऐप का जरूरत पड़ेगा तो आप लोग उसे प्ले स्टोर पर जा इंस्टॉल कर लो सबसे पहले अगर इंस्टॉल है तो कोई बात नहीं तो पहला ऐप है वी एन ऐप को ये वाला ही है यहाँ आप डाउनलोड कर लो मेरे में है तो मैं इसे नहीं बनवाता तो और दूसरा ऐप है पी आर करके ये वाला है तो आप लोग इसे भी डाउनलोड कर लेना ये दो ऐप का जरूरत पड़ेगा और ये दो में नहीं रहेगा तो आपका वीडियो नहीं हो पाएगा एडि तो आप लोगों को वी ऐप को सबसे पहले ओपन करना है पहले वीएन ऐप में जाके आप लोगों को वो वाला वीडियो ऐड करना है तो ये देखिए ये वाला वीडियो है जो कि आसमान मतलब उसमें दिख रहा है आप लोगों का कैसा वीडियो बस उसमें आसमान दिखना चाहिए तो आप लोग अपने हिसाब से उसे सेट कर लेना ऐड करके ठीक है तो अब मैं इसे अपना सेट कर देता हूँ जरूर महीने मैं जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है मैं वहाँ कट लगा के उसे अच्छे से, से सेट कर लेता हूँ आप लोगों को बस छः से सात सेकंड का वीडियो बनाना है उससे ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि इसमें और एक ओवर ले लगेगा जो सबसे पहले उसमें वो भी आप लोगों को लगाना पड़ेगा जो कि एक टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसे भी आप लोग लगाना जो यही वाला है ठीक है तो ये वाला आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम पर जाके इसे डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे जाके एक म्यूजिक ऐड कर लेना वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वो म्यूजिक आप लोग को ऐड कर लेना एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो तो यहां से ये यह हो गया तो अब हम लोग म्यूजिक भी एड कर लिए हैं गाना तो भी ऐड हो चुका है म्यूजिक एडमरा तो नहीं चलिए अब ये हो गया अब तो हम लोग अपने वीडियो को आप लोग अच्छे से अपने हिसाब से आप लोग स्लो मोशन करना क्योंकि सबका वीडियो अलग अलग होता है तो सब में एक ही स्लो मोशन टाइप का नहीं लगेगा जहां फास्ट स्लो करना होगा वहां कर लेना अपना स्लो कर लेना है और उसके बाद देख लेना है जहां पर भी साउंड आ रहा है वहां तक का ही बस वीडियो रखना और जो एक्स्ट्रा है उसे आप लोग अपना कट कर लेना ठीक है तो यहाँ पे मेरा ये हाथ उठ रहा है तो मैं अपना हिसाब से कराऊँ मैं उसे वहाँ बैठा लूँगा जहाँ पे बोलता है चले चले जब कोई तो बोलता है ठीक है वहाँ पे हम लोग कट कर लेते हैं इसको तो हम लोग यहाँ पे इसे कट कर लेंगे अब देखेंगे यहाँ पे नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा बार में वहाँ पे जाके फिर से कट करना पड़ा ठीक है तो ये देख सकते हो मेरा यहाँ तक हो गया है तो इसे मैं स्लो मोशन इसे भी कर लेता हूँ और फिर इसको और कट करना पड़ेगा में तो हम लोग उसे भी कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं आप लोग ये मेरा फिर लास्ट में चलेगा तो हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे नीचे से ऑप्शन है स्प्लिट का जो भी यहाँ पे बेसिक नहीं जानते प्लीज़ आप लोग सबसे पहले बेसिक जान लो वी एन उसके बाद ही आप लोग एडिट करना ठीक है तो अब हम मेरा यहाँ तक हो चुका है तो अब मैं इसे कुछ भी नहीं करूँगा यहाँ एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दूँगा और मेरा यहाँ सब कुछ हो तो अब हम लोग यहाँ पर जाके सबसे पहले इसमें जो ऑफर लगेगा बर्ड का वो वाला हम लोग एड कर लेंगे जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्सन में लिंक है टेलीग्राम पर मिल जाएगा ठीक है तो ये टेलीग्राम पे आप लोग डाउनलोड कर लेना उसके बाद इसको अच्छे से आप लोग सेट करना ठीक है का स्काई के लेवल पेड़ होना चाहिए ये नहीं कि आपका शरीर पे आ जाए तो देखो शहर सी बात है अगर आपके शरीर पे आएगा बर्ड तो वो फेक लगेगा दिखने में ये आपका हो जाए उसके बाद आप लोगों को यहाँ मास्क वाले ऑप्शन पे जाके सेकेंड नंबर में लीनियर करके उसको लीनियर पे जाके आप लोग को डबल टैप करना ठीक है डबल टैप होगा उसके बाद आप लोग को ये लाइनिंग जो दिख रहा है वो लाइन को ऊपर ले आकर अच्छे से सेट कर देना है जिस तरीक़ा से आप को दिख जाए उस तरीका से आप लोग अच्छे से सेट कर देना ताकि वो शरीर पे नहीं आए बट तो मेरा यहाँ तक ठीक लग रहा है तो मैं यहीं तक करूँगा फिर अब दूसरा यहाँ पे एक और पी है ब्लड पी जो कि हम लोग उसको भी एड करेंगे तो आप लोग देख लो जैसे कि ये मेरा एक चार भी शरीर पर अभी नहीं आ रहा है वो मेरा फेस के ऊपर ही ठीक है तो जैसे ही हो गया मेरा हाथ ऐसे उड़ गया तो मैं यही कौन रहा था कि मतलब ऐसे हाथ डालूंगा पकड़ने के लिए तो चला। वो चला जाएगा मतलब बर्ड अब यहाँ पे जाके हम लोग जो है इसको सबसे पहले एडजस्ट करेंगे जो भी आपका वो जो लगा है आपने ओवरले बर्ड का क्लिक करके उसके बाद आप लोग को एडजस्ट वाले ऑप्शन पर जाके सबसे पहले फिल्टर आप लोग को ए थ्री सेलेक्ट है उसके एडजस्ट में जाके एक्सपोजर को माइनस कर देना है कॉन्ट्रास्ट को प्लस कर देना है थर्टी मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं आप लोग अपने हिसाब से करना ये मैंने बोल चुका है बहुत बार सेचुरेशन को फुल कर देना वाइब्रेशन को भी लगभग बढ़ा ही देना ठीक है इससे क्या होगा आपका स्काई ज़्यादा हाईलाइट होगा मतलब ब्लू कलर उसमें ज़्यादा शो होगा तो यहाँ तक जैसे ये आपका ये हो जाए उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एड करना है एक और पेन तो यहाँ पर इस जगह पर देख चलेंगे जहाँ पर वो बर्ड का वर्ड लगा है उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप लोग को तो इस पे अब ये वाला पी जो है इसको आप लोग को डाउनलोड करिए इसको यहाँ से आगे तक सेट कर देना है इसको सब से नीचे में रखना है ताकि वो नीचे जो पार्ट है वो ब्लड दिखे आप लोग दो बार तीन बार डुप्लीकेट करके यूज कर सकते हो मैं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ तो मैं अभी नॉर्मली एक ही बार फँस गया नहीं तो रियल वीडियो मैंने तीन बार उसको एड किया वो से लेके नीचे तक ठीक है तो ये मेरा यहाँ तक हो गया अब हम लोग यहाँ पर जाके ये जो इफेक्ट है प्लस वाला उस पर जाके जूम वाला इफ़ेक्ट को ट कर देंगे 4.09 पॉइंट सेकेंड ठीक है तो मेरा यहाँ तक काम हो गया है तो ये देख लो मेरा ये हो गया बर्ड भी आ रहा है अब यहाँ तक पूरा मेरा काम ये होगा कंप्लीट हो चुका है अब यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करके सबसे ऊपर में आप लोगों को इसे एक्सपोर्ट कर लेना है उसके बाद अब हम लोग चलेंगे प्रिक कोल ऐप जो भी भाई उसका नाम मुझे उतना अच्छा से लेने नहीं हो तो अब हम लोग उस पर जाएंगे ठीक है, इसको ओपन करते हैं। उसके बाद आप लोग को थर्ड फोर जो भी आप लोग करना है थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद उसको माइनस करके 83, 85, 83 फाइव एट्टी थ्री पे करके एट्टी वाले ऑप्शन जो साइड में उस पे क्लिक करके सेट कर देना है उसके बाद आप लोग को ये एक्सपोजर माइनस 90 करना है फिल्टर के नीचे वाले ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके ये है ठीक है सिचुएसन को थोड़ा बढ़ा देना है वाइब्रेंस को भी आप लोग को थोड़ा बढ़ाना है टिंट ये सब उतना कम नहीं है बस थोड़ा बहुत है सब ज़्यादा कम जिसका है वो मैं आप लोग को बता दूंगा ये सब नहीं करना ये सब भी नहीं करना है अभी तो मैं थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ तो अभी उतना ज़्यादा मैं देख भी नहीं रहा क्या है जो भी आप लोग को बेसिक है मैं वो बता रहा हूँ ये जो आप लोग को दिख रहा है ए करके इस पर आप लोग को जाना है गोल वाला जो है इसको आप लोगों को मैन चीज़ इसको आप लोगों बढ़ाना है ताकि उसमें थोड़ा ग्लिच टाइप का इफेक्ट है ठीक है इसको फोर्टी लगभग इसको 50 के आसपास रखना है ठीक है उसके बाद इसके आगे जाएंगे आर जी बी इसको नहीं बढ़ाना है इसको छोड़ ही देना है फिर ये जो फीस आई आपको दिख रहा है ये सब सेमेंट आप देखो इसका जादू जैसे इस पर क्लिक करके इसको पूरा कम करोगे देखो ये क्या पूरा आगे चल गया लग रहा है कि मतलब इससे बताया बाल को तो वो ऐसा बन गया पूरा आप लोग एक्सपोर्ट कर देना ऊपर में क्लिक करके तो एक्सपोर्ट मेरा हो चुका है वीडियो तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो नए नए वीडियो आते रहेंगे और मेरा वीडियो देखो जो भी मैंने अपलोड किया है और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जो भी मेरी इंप्रूवमेंट की मुझमें ज़रूरत है वॉइस क्वालिटी वीडियो जो भी सब कुछ बताओ मुझे मैं सब कुछ पे ध्यान दूँगा और वॉइस ओवर में हो सकता है दिक्कत हो रहा क्योंकि मैं वॉइस ओवर ही करता हूँ पहले वीडियो बनाते वक्त नहीं करता उसके बाद कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत आ सकता है तो ठीक है फॉलो नहीं इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब माई चैनल कीप सपोर्टिंग कीप लविंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए ऑट्रो चला दो